है आइस वेलकम टू माई वीडियो तो तो राइस तो आज, आज हम पहले एम आइन प्लस सो जाते हैं हम बेड कर गया ठीक है तो दोस्तों आज हम पिछली वीडियो में हमने इस प्लर को छोड़ा था तो आज हम इस प्लर पर अपना घर बनाएंगे सोस्तों लेकिन इसमें जो कौन थे पता नहीं अभी वो स्पॉन नहीं होनी चाहिए अगर वो स्पोन होते हैं तो हमारा काम काम खराब हो जाएगा तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्ले दोस्तों ही मैं जगह से जा था पता नहीं कहाँ से इनका बॉस आ गया और मुझे मालूम नहीं थी मैंने उसको मार दिया फिलहाल जी मैं ऊपर वीडियो कर रहे हैं और मैंने अपने विलेज को तो सही स्ना बचा लिया है अगर वो अपने सही को बना लेता है अब पोता ने भी बनाए या नहीं बनाए बना तो, तो मेरे कहाँ बन जाएगा वरना फिर मैं उसको मांग ही दूंगा से जाना पड़ेगा वो, वो ये ये आ गया देखने। ओ ओ नहीं। वो पड़ गई। लेकिन तो एक और अपने घूम लिया लेकिन मुझे कोई नहीं मैं दिख रहा और हर बार है छतपे आदमी छतपी मिलते हैं शायद आवाज आई लेकिन मिल कोई नहीं आया दोस्तों यदि आप जानते तो मेरे कमेंट मेट जरूर दिखना मुझे बड़ा पता नहीं कैसा है घास में टॉप टावर है स्प्लर वाला और बटन में प्लेस है पूरा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ठीक है दोस्तों बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया